आ, हमारे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है अगर बड़े यूट्यूबर जो भी हैं इनकी हेल्प करना चाहे तो प्लीज़ आप करिए इनको हेल्प करिए शार्ट दीजिए ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें रियल टैलेंट सामने आ सके उसके लिए आप लोग इनको शार्ट देंगे तो इनकी ज़िंदगी बन जाएगी मैं कर रहा हूँ आप भी करिए ये मैसेज आप बाकी यूट्यूबर्स को ज़रूर टैग करें इस मैसेज को कैरी मिनाटी को या फिर टेक्निकल गुरु जी को या फिर हमारे बड़ाना जी को अमित बड़ाना जी को भुवन बाम को और भी जितने यूट्यूबर्स हैं तो आप सबको टैग करिए ताकि वो लोग भी आपको संडे टू संडे या महीने में एक बार भी अगर आपको हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग का हेल्प हो जाएगा है ना बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ थैंक यू सो मच फॉर लविंग दस थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दस लव यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपनी फैमिली अपना परिवार है